से हो आई होप करता हूँ यार सारे अच्छे हुए एंड अगर मेरी तरह स्टार्टिंग में आपको भी नहीं पता कि YouTube चैनल कैसे बनाते हैं तो वीडियो में एंड तक बनी रहो और वीडियो में बनने से पहले अपने भाई का नाम भी जान मेरा नाम है अरशान और आप देख रहे हो अरशान और तो ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई चलो वीडियो को शुरू करते हैं पहले अपने YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर योर चैनल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन दिखेगा इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने चैनल का एक नेम चूज़ कर लेना है जस्ट मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ कार्टून एंड एनिमेशन इस पर मैं कोई वीडियोस नहीं डालने वाला सिर्फ इसको ऐसे ही मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ कार्टून एंड एनिमेशन सो so, इतना मैंने डाल लिया एंड मैं एक पिक्चर चूज कर लेता हूं यहाँ पर आपको चूज़ गैलरी या फिर आप टेक फोटो भी कर सकते हो यहाँ पर मैं डोरेम का एक इमोशनल सा फ़ोटो डाल देता हूं एंड इतना करने के बाद आप, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है एंड वेट करने के बाद आपका लोग यहाँ पर आ चुका है एंड यहाँ से आपको बैक कर देना है एंड आपका चैनल क्रिएट हो चुका है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना के लिए बाय बाय